तेरे हाथों तो की तरफ मेरे हाथों तो का सफे रोजाना रोजाना तेरी आँखों से कहे कुछ तो मेरी नजर देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी क्यों खाम हवाओं की तरह मुझ छो के तू गुजर रह जाती है कुछ कमी जितना भी देखूं तुझे रोजाना मैं सोचूं sa